फ्रेंड्स मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं YouTube चैनल AI Infinity. तो मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जिससे आप अपने किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड बड़ी आसान तरीके से सिर्फ एक क्लिक में हटा सकते हैं और दूसरा बैकग्राउंड जोड़ सकते हैं तो सिंपली हमें यहाँ पर गूगल पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है रिमूव बिजी रिमो बिजी इतना सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ दिखाई देगा रिमो बिजी या फिर रिम्यू बैकग्राउंड इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करना है यहाँ पर फर्स्ट में हमें दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग देगा फिर यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर पे इस पेज पर पे हमें दिखेगा डाउनलोड सॉरी अपलोड इमेज दिखेगा नीले रंग में अपलोड इमेज पे क्लिक करने से यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाता है तो यहाँ पे सिंपली हम अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा यहाँ से हमने जिसका भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है उसे यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि मेरे को ये वाला फ़ोटो जो है इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो सिंपली यहां से हम इसे अपलोड इमेज पे क्लिक कर देंगे यहां पे अपलोडिंग हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है नेट स्लो होने के कारण मेरा थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो यहां से हमारा जो है फ़ोटो वो अपलोड हो चुका है सिंपली यहाँ से देखिए इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से हट चुका है चाहे तो हम इसे बिना बैकग्राउंड के यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो है बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं हमारे जो गैलरी में बैकग्राउंड होगा उसको यहाँ पर ला भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ जो वेबसाइट में दिया है उसी को यहाँ पर एड करूँगा तो सिंपली यहाँ से आपको जो भी बैकग्राउंड लगाना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ से हम इसको ब्लर भी कर सकते हैं बैकग्राउंड को सिंपली यहाँ से हमको कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए हम एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं फिर इसे डाउनलोड करेंगे देखिए अभी मेरा जो पिक का बैकग्राउंड है वो खाली है तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ देखिए यहाँ पे मेरे पीछे में बैकग्राउंड लग चुका है मेरे को दूसरा चेंज करना है तो दूसरे को करूँगा यहाँ पर मेरे को ये स्नो वाला जो ये बर्फ़ वाला है वो चाहिए ये वाला ये वाइट कलर का है तो सिंपली मैं यहां पे इस वाइट कलर पे क्लिक कर दूंगा बर्फ़ वाले पे यहां पे देखिए मेरे पीछे में स्नो वाला दिख रहा है तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहां पे जो हमारे फ़ोटो के नीचे में लिखा हुआ है डाउनलोड मीले कलर में उस पर क्लिक करना है सिंपली यहाँ पे हमें क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड करना है तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा शेयर इमेज और डाउनलोड इमेज तो यहाँ पे हमें दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है डाउनलोड इमेज इस पर क्लिक करने के बाद फाइल डाउनलोड हो चुका है हमारे यहाँ से गैलरी ओपन कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड वाला पिक्चर है वो डाउनलोड हो चुका है तो सिंपली इस प्रकार से यह रिवो बी जो वेबसाइट है वो काम करता है यहाँ पे मैं आपको जो पहले का पिक्चर था वो दिखा देता हूँ जो बिना बे सॉरी जो पहले वाला मेरा जो बिना बैकग्राउंड का था वो ये पहले वाला पिक है और जो अभी जो बैकग्राउंड चेंज किया हूँ वो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये बैकग्राउंड वाला है तो ये बहुत ही कमाल का वेबसाइट है दोस्तों जो वो बिजी आप इसे चाहे तो क्रोम में ओपन करके यहाँ पे अपने जो होम स्क्रीन है उसमें ऐड कर सकते हो, तो सिंपली यहाँ से हमको गूगल पर आना है और यहाँ से हमको थ्री डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे थ्री डॉट पे हम क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट में आप सोन मिलेगा ओपन क्रोम ओपन इन क्रोम यहाँ पे क्लिक करना है इससे हमारा जो वेबसाइट है वो क्रोम में ओपन हो जाएगा फिर यहाँ से हम इसको अपने होम स्क्रीन में इस वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं तो सिंपल यहाँ से हमें तीर वाले निशान पे यहाँ से इस जो ऊपर में कोने में जो लाल कलर का तीर वाला निशान है उसमें क्लिक करना है फिर यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट दिख रहा है उसके ऊपर में ऐड टू होम स्क्रीन है वहाँ पे क्लिक करना है इससे हमारा जो वेबसाइट है वो होम स्क्रीन में ऐड हो जाएगा यहाँ पे आपको ऐड कर देना है सिंपली यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है वो होम स्क्रीन में ऐड हो चुका है चलिए हम यहाँ से आपको बैक करके दिखा देते हैं देखिए यहाँ पे हमारा रिमो डिजी जो वेबसाइट है वह होम स्क्रीन में आ चुका है एप ऐप की जैसे लेकिन ये ऐप नहीं है ये वेबसाइट है सिर्फ यहाँ से आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो और अपने यूज़ में ले सकते हो तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें